वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मेरे साथ अंकित है अंकित काम एर से, से नजफगढ़ से अच्छा हाँ जी सर तो बताओ अपने बारे में कितने दिन हो गए कैसे आए क्या दिक्कत थी आज कैसा है एक्चुअली सर मैं काफी दिन से परेशान हो रहा था परेशानी hmm. uh, थोड़ी सी मुझे मतलब चलने में दिक्कत आ रही थी hmm. और काफी मतलब बैक में भी पेन होने लग गया था एक साइड hmm. की वजह से एक्चुअली hmm. मेरा मतलब चलने फिरने का काम हो सेटिंग का काम है तो जैसे मैं बैठता था, था मेरी एक एक साइड साइड मतलब मतलब पेन होता था था काफी काफी और ऐसा लगता था कि झुकी मतलब हुई है। हम्म। so, फिर मैं आपके पास आया। आपने मुझे ट्रीटमेंट के लिए गाइड किया कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा हम्म। सो so, अब मेरा मीन्सटी सेवेंटी परसेंट ट्रीटमेंट हो चुका है और आ, मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ अच्छा वेरी गुड और कैसे पता चला यहाँ के बारे में सर मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोस देखी थी काफी सो so उससे मैंने मुझे पता चला जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें जैसे की मतलब काफी वीडियोस होती है सो so मैंने अपना मतलब देखा कि मतलब मुझे भी इस टाइप की प्रॉब्लम है सो so क्या पता मैं वहां जाने से ठीक हो सकता हूँ सो so मैंने आपके बारे में गूगल किया तो वहां पर पता चला की आप इंडिया में ऐसे पहले थे जो कि लेके आए थे डेली में ये सो फिर मैंने आपके यहाँ पे आने का सोचा मैंने आपके पास विजिट किया चलो वेरी गुड आ जाओ अब मैं आपके एडजस्टमेंट दिखाता हूँ मित्रों कर सीधा इजी Relax, coming here. Not be fast. Okay, oh, relax, Jordan. Easy, Jordan. Okay, sir. Clean better. Better? Yes, sir. Come ah, so. on. So viewers. आपको ये वीडियो कैसी लगी अंकित की स्टोरी कैसी लगी आपको अंकित की स्टोरी अंकित बहुत स्टेफ है आपने देखा ही होगा कि मुझे कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा है ना अंकित सर। बाकी सबके साथ इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता बट हाँ उससे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है आपको भी लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टेफ हैं दर्द में हैं पेन में हैं तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और कोई भी क्वेश्चन को तो हमसे पूछना ना भूलें सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए वहाँ तक जरूर पहुँचे थैंक यू